तो गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और हैप्पी न्यू न्यूयर की पार्टी लगता है सबने ने करी ली क्योंकि मैंने स्टेटस देखे थे सबके तो सब आज ही डाल रहे हैं लेकिन हमारी पार्टी थर्टी फर्स्ट नाइट की वजह से थर्टी फर्स्ट नाइट को तो नहीं लेकिन आज हो रही है फर्स्ट जनवरी को तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी लड़कों की भी गढ़वाली लोन की पार्टी कैसे होती है गाइज तो चलिए चलते हैं गाइज तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिकन की दुकान में और ये हम चिकन कटवा रहे हैं शायद चिकन काट दिया है लौंडे ने चिकन कट गया और यहाँ पे कुत्ता आ गया चिकन की थैली बस और ये बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है यार बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है ठंड हो रखी है भाई बहुत ही ज्यादा ठंड हो रखी है और अब हम आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा टूट रही है ये टोप टोपी पहन के मुझे खुजली हो रही है बालों में क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे छोटे छोटे बाल बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है भाई चले फिर और अब मैं आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ आज की पार्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और ये हमारे आकाश आयुष भाई ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी चल रहे हैं पता नहीं इनकी बंदियाँ कैसे बन जाती हैं यार हमारी तो बनती नहीं है hey पहुंच चुके हैं हम पार्टी वाले अड्डे में तो देखते हैं कितने बंदे बैठ रहे हैं यहाँ देखते हैं अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि तैयारी हो रही है और हमारे सबसे बढ़िया भाई काम काज वाले मयंक भाई यहाँ पे प्याज काट रहे हैं आपे और, आपे और आपे हमारे फ्री फायर वाले बंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं सारे इधर इधर बैठे तो चिकन विकन तो बन रहा है लेकिन तेल ही नहीं मिला तेल हम लाना ही भूल गए तो अब जो कि हम अपने घर में अपने घर से ला रहा हूँ ये गिलास में ये गिलास काफ़ी है साढ़े तीन किलो चिकन है देखते हैं क्या होता है तो आप देख सकते हैं कि पार्टी हो रही है रात को और ये सब सामान लेना भूल गए तो मुझे इन्होंने दुकान में भेजा तो ये हमारे दोस्त सब चीज़ लाना भूल चुके हैं हल्दी नमक मिर्च कुछ नहीं लाए और मेरा खर्चा हो चुका है बहुत ज़्यादा मेरे पास रुपये नहीं बचे अब मैं इनको बोलू भाई खुद ला लो भाई मेरे पास ये ये रुपए पे हम सब बैठ के आज नाचेंगे तो तो तो तो है हमारे भाई इनको दो हो नोपेश मेरे वन टू थ्री फोर और एक भाई हमारा बाहर चावल धो रहा है ये अंधेरे में है और इनका भी चेहरा साफ नहीं आएगा आ रहे और मैं आपको तो बताता हूँ कि इन्होंने यहाँ स्पीकर लगा रखे जुगाड़ देखिए इनका जुगाड़ ये देखिए ये और अंदर और अंदर इनका धुआ मेरी आपको था देखिए गाइस दे बोलूँगा देसी सलाद सलाद सलाद, सलाद। <laughs> देसी सलाद बन रहा है एकदम इससे और ठंड में हम कहेंगे मरिंडा ठंड ठंड ठंड में थंड, थंड में थंड में ठंडा, ठंडा, थंड ठंडा चल रहा है। और अभी ये बीमार पड़ेंगे मुझे लग रहा है। भाई लोग ठंडा हो चुका है खत्म, और ये भाई लोग हो चुके हैं फुल बॉम में ठंडा खत्म हो चुका है और मेरे रुपए तो होगा खत्म भाई ने दे दिया मुझे पाँच सौ रुपया दुकान की ओर पहले में ठंडा पीछे पाँच सौ रूपए दे दिए भाई ने दोबारा ठंडा और मतलब क्या क्या मंगा रहा है जो पाँच सौ रूपए दिए थे हाँ भाई उनका क्या हुआ पाँच सौ रूपए वालों का अच्छा और पुरी पुरी? कितना हो पूरा, टोटल सौ रूपए और देने सौ रूपए कहाँ जाएंगे आप सौ रूपए भाई अब वही देगा मेरे पास तो लिये और फाइनली हमारे से अपने काम स्टार्ट कर दिया चावल धो लिए और ये चिकन बनेगा एकदम चूल्हे में चूल्हे में बना हुआ बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाना चूल्हे में बनाओ गैस में इतना स्वाद नहीं आता जितना चूल्हे में रहता है स्वाद खाने खाने बहुत ही बहुत ही अच्छा लग रहा तो तो है Porque tú le que le perdo la cena cola la hubo pero que va no me se ya राखले पर ना पाड़म होय तो मारे ना ये थोड़ी पंपटा ग थोड़ी शश एकदम आला दिन वो बोल और काय क्या हमारी पार्टी हो रही है पार्टी हो रही है के पर उड़ा राजा सुने पल बीते राजा फाइनली हम अपनी डिस सब खाएंगे और ये खा भी रहा है ये मोटा अच्छा देखिए सब खाने पे लगे हैं हमने खाओ खाओ खाओ फिर थाली में और पार्टी ख़त्म हो चुकी है और मैं अपने घर में आ चुका हूँ सोने के लिए सभी मतलब अपने घर में सोते हैं मैं स्पेशली नहीं सो रहा तो यार वीडियो जैसी भी लगी आपको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर मुझे नीड है सब्सक्राइबर्स की यार